हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल है वो है इंटरजेक्शन so के बारे में पढ़ेंगे तो so गाइज इंटरसेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरजेंशन आर द वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं हमारी सडन फीलिंग्स को या इमोशन को फॉलो करते हैं यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल भी दे रखी wow, really wow, है अच्छी न्यूज है इंटरजेंशन wow, तो गाइज जैसे दी है एग्जाम तो वो बहुत खुश हो रहा है की मैं जो एग्जाम है उसको पास कर चुका हूँ तो गाइस ये आपका इंटरजेंशन का मीनिंग होता है और ये दो एग्जाम्पल्स है next filling the blanks with the most suitable interjection in the following options the first uh, the first uh, sentence is dash uh, that hurt me more than i thought it would wo keh raha hai ye mujhe bahut jo hurt kiya jitna ki maine socha tha to guys isme jo right answer rahega wo rahega apka ouch wo kehta ouch that hurt me more than wo kehta इसने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया जो कि मैं सोच रहा था तो ये आपकी सडन फीलिंग है एकदम से जब आपको कमी लग जाती है कहीं आप तो एकदम से मुंह से निकल जाता है है ना तो ये आपका इंटरसेक्शन है सडन फीलिंग है जब आपकी निकलती है तो सेकंड वन इज सूटेबल इंटरजेंशन आपने यहाँ पे फील करना है डैश दैट इज न्यू वो कहता है ये जो है ये बिल्कुल न्यू है तो यहाँ आप क्या लगाएंगे यहाँ वेल well. That that that that is is अच्छा, is new. new. because well well shows the the the the emotions or certain feeling. So that well is the right answer. That we got the tickets to the movie premiere night. हमने क्या वो कर ली हमने टिकेट मिलगी हमें movie की premiere night की तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे हम show करेंगे ये P मतलब जब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तब भी आप यूपी का वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे हम डेली लाइफ में का कम ही यूज करते हैं लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कभी ऐसे इसको हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं तो तभी यह यहाँ पे आपका यूपी दिख रहा है तो हम यूपी ऐसे बोलते नहीं है हम ऐसे कर देते है य तो ये सब आपका जो है दैट शोज दीलिंग ओके The नेक्स्ट डैश आई डोंट वॉन्ट टू डू इन दिस वे वो कहता है मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता था ठीक है want to do it in this way. वे तो वो क्या हो रहा है थोड़ा मतलब यहाँ पे आपकी वो कह रहा है oh, I don't want to do this in this way. मैं ये ऐसा करना नहीं चाहता था तो oh जो है that is the right answer. Dash, you did a really great job with that piece of furniture. वो कहते हैं अब वो क्या कहेगा कि आपने क्या किया था बहुत ही ग्रेट जॉब की थी इस पीस ऑफ फर्नीचर के साथ मतलब इसको बहुत अच्छा बना दिया अगर जब हम किसी जैसे वो हो सकता है हम पी, जैसे हमने उसे कोई भी अः बुट का पीस दे दिया तो हम उसको बोलेंगे इसको इस तरह से बनाना तो जब वो बना देता है तो वी आर सो हैपी एट दैट टाइम तो सो उसी टाइम पे हम बोलते है वाह वॉज रियली ग्रेट है ना तो ये ये जो जो है है भी के लिए वो कहता अब मैं जानता हूं कि तुम, मतलब, I understand, मैं, मैं मैं जानता जानता कि कि तुम तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे तो वो कह रहा है आह नो आई अंडरस्टैंड अभी मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे तो आह जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट दैट शुड है Next, That देट शुड हैव रियली अपसेट यू क्या करेगा ओ oh नो no, हम बोलते है ना ओ नो ये जो आपको अगर ये तुम्हें रियली really अपसेट कर चा, मतलब चाहिए ठीक है really तो, oh no शुड है वो right answer रहेगा Dash, I have not cleared the internal assessment. ऐसे तो उदासी में है तो वो कह रहा है तो सैड uh, होते, हो, होते हो तो तब आप alas का word use करते हो ठीक है तो ये आपका राइट आंसर नेक्स्ट दैट वॉज अ रियली ब्रीव थिंग टू डू कहता है ये क्या आती है ब्रेफिंग really थी uh, thi ये करने के लिए तो यहाँ राइट आंसर ब्रेबो ब्रेवो भी आप जो होते हो जब आप बड़ी अच्छी चीजें करते हो ब्रेव चीजें करते हो तो वो अब आप ब्रेवो का यूज करते हो okay. The waiting list for the reservation seat is too long. I don't think we would get a seat. वो कहते waiting seat जो है वो बहुत ही लंबी है. My God. वो यहाँ पे my God आएगा. हम बोलते हैं ना Oh my God. कि क्या हो गया ना? तो यहाँ पे वो कह रहा है My God. The waiting list for the reservation seat is too long. So I don't think that we would get a seat. कि हमें क्या मिलेगी? Seat मिलेगी. ठीक है? So my God is the right answer. Dash. You have a baby girl. वो वो कहता है, congratulations, you have a baby girl. वो कहता है है बहुत खुशी की बात कि आपके घर क्या एक बेबी गर्ल है कि तुम्हारी क्या है एक है तो congratulations, है एक तो जो कंग्रेचुलेशन फीलिंग डैश आई विल नॉट वर्क फॉर यूर कंपनी एनीमोर वो कहता हैं मैं बहुत ज्यादा वर्क नहीं करूंगा तुम्हारी कंपनी के लिए और ठीक है आप क्या कहते हैं लिसन आप बोल सकते हैं लुक बोल सकते हैं तो यहाँ पे लिसन भी आ सकता है कि आ, सुनो अब मैं तुम्हारी कंपनी के लिए और काम नहीं करूंगा तो लुक भी बोल सकते हैं नहीं कर सकता नहीं करूंगा, मतलब, है? Next, so so हम बोलते हैं ना बहुत जम्मी है बहुत यमी है ये है ना तो यमी जो है वो टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं डैश माई फ्रेंड वेगर इज इन नो मोर is no more with us तो वो, कह रहा है, आएगा पे कि वो हमारे साथ अब नहीं है वो बोलते हैं कि बिकॉज ही वॉज सो हैपी एट दैट टाइम देर सो हैपी वो कह रहा है the basketball हम जीत गए हैं वो ball को तो हुर जो है वो that is used for the happiness. Don't disturb me. वो कहता है प्लीज आप प्लीज बोलते हैं ना प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी कोई आप काम कर रहे हो कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आपको एकदम से निकलता है ना प्लीज डोंट डिस्टर्ब मई तो प्लीज जो है यूर इमोशंस ठीक है देन नेक्स्ट डैश आई कॉन्ट बिलीव आई फॉरकड टू डू माई होमवर्क वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि मैं अपना काम करना भूल गया था ठीक है वो कहता है अब वो क्या कर रहा है गोश्त जो है वो भी हम इस तरीके के यूज करते हैं जब हम मतलब जो काम नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है ठीक है जैसे आई कॉन्ट बिलीव कि मैं ये काम भूल गया क्योंकि वो भूलना नहीं चाहता था लेकिन वो भूल चुका है तो वो यूज करता है गोश्त ठीक तो है गोश्त जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंटरसेक्शन नेक्स्ट दे कैन डैश फिनिश द होम वो क्या कर सकते हैं दे कैन इनडीट फिनिश द होमवर्क वो सच में अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर सकते हैं indeed, कैन इंडीट इंडी सचमुच में ठीक है इंडीट यहाँ पे इंटरजेक्शन रहेगा चार्जर वो कह रहे हैं मैं अपना लैपटॉप बैग और वो भूल गया हूँ बोलते ना Oops, my God, मैं यहाँ पे वो भूल गया हूँ अपना laptop और charger। Oops, जो है वो right answer। Last sentence, dash, I catch you red-handed. मैंने तुम्हें क्या किया है, आ, आ, आ, है? तो इंटरजेक्शन के थे आई होप की आपको समझ में आया होगा गाइज ये बहुत ईजी है आप क्योंकि अपने डेली लाइफ में ये छोटे छोटे वर्ड जो है वो यूज करते रहते हैं बहुत सारे वर्ड ऐसे जिनकी जहाँ पे प्रोनाशिएशन थोड़ा सा लगा आ रही है और आप सोच रहे होंगे की ये हम हम यूज़ ही नहीं करते लेकिन यही वर्ड्स हैं जो हम अपनी फीलिंग और इमोशन के लिए यूज करते हैं तो ये अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो आप कल फिल करेंगे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है आई होप कि आप ये प्रैक्टिस वर्क अच्छे से करेंगे प्रॉपर तरीके से तो नेक्स्ट गाइज ये आपको प्रीवियस डे का जो प्रैक्टिस वर्क था आज हम इसको सोल्व करेंगे आई होप कि आप सबने फील किया होगा तो दर्स्ट इज डैश द कम्पिटिशन देखिए जब भी आप खुश होते हैं यहाँ पे अलास्ट जो है दैट इज यूज फॉर सैडनेस तो आउट्स भी जब आपको कुछ पेन होती है ओप्स भी जब आपका कुछ अच्छा काम नहीं होता तो हुरे जो है दैट इज यूज फॉर जो है वो राइट आंसर रहेगा सेकेंड यू आर हर्टिंग मी मैं बोल रहा हूँ ना जब कोई हर्ट हो आउट यू हर्टिंग मी तुम मुझे क्या कर रहे हो हर्ट रहे हो तो यहाँ पे चाहेगा आई फॉरगेट माई अम्ब्रेला जब भी आप कुछ भूल जाते हैं कुछ जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है तो ओप्स का यूज करते हैं तो ओप्स फॉरगेट माई अम्ब्रेला की आई फॉरगेट माई अम्ब्रेला फॉर मेरा मेरा अम्ब्रेला था वो मैं भूल गया हूँ डैशर डाइजेस्ट डे एलास में उसकी मदर की कल डेथ होगी अविश्वास है मतलब हम विश्वास नहीं कर पाते ये वो चीज हुई है ठीक है डैश आई हेट यंग फूड आइटम्स मैं क्या करता हूँ यंग फूड आइटम्स को हिट करता हूँ तो यहाँ पे अलास्ट तो दुख तो के लिए है हो रहे तो आपका है तो आपका ये पेन वाली चीज के लिए है तो यहाँ पे यक जो है दैट जो आपकी हिट वाली फीलिंग को शो कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाज द बेस्ट यहाँ पे क्या आएगा ब्रेवो मतलब आपने बहुत अच्छा ब्रेब काम किया कि आपकी परफॉर्मेंस जो है दैट वाज द बेस्ट We are going to Darjeeling next month. तो वो बहुत खुशी हुआ आता है यहाँ बोलते हो ये हम बोलते हैं ना ये we are going to Darjeeling next नेक्स्ट हम picnic पे जा रहे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये जो बोलते है यहाँ पे इसलिए ये जो वर्ड है वो इसी का यही है ठीक है तो यहाँ पे ये राइट आंसर रहेगा वी हैव डन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट ना Cheers चलो अब हम खुश हैं तो Cheers करते हैं चेयर्स वी हैव डन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट हम अपना पहला जो प्रोजेक्ट है वो कर चुके हैं ठीक है थीके? तो that is the right answer. I didn't notice notice you coming. Sorry. कोई आ जाता अचानक से हम बोलते हैं ना sorry, I didn't notice that you coming. I didn't notice you were coming. You are coming. मैंने notice नहीं किया था कि तुम आ रहे हो ठीक है न, sorry, coming, uh, हो, तो ये आपका Sorry, जो जो जो जो होगा वो right answer. So guys, आ, वो वो तो तो ये आपकी आपकी कल का का था था। आपको दिया था, तो जो जो आपकी है, वो आपका आज का homework है। hope कि आप उसको अच्छे से फिल करेंगे तो गाइज अच्छे से इंटरजेक्शन को पढ़िए अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो जो मैंने पहले और बीच में उस बनाई है उसकी उसको अच्छे से पढ़िए ध्यान से पढ़िए और अच्छे से उसकी एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई विडियो